भाई तो ये क्या सीन तो आ में में आ चढ़ गया बंदा ठीक है okay asar akar 10 degree are yahi pe hai bhai bata to de ye gina shoulder move nahi khol rahe shoulder nahi deta wo wo nikado edo zone jaldi bolo bolta hu क्या है? अरे बाप रे। नहीं। अरे बढ़िया चल। भाई। भाई। अरे, ये तो अरे, ये तो अरे, अरे आरे आरे मार ये देखो। अरे अरे ये कैसे मारा ये, ये तू तो मार bro bro bro really miss Johnny's frags in esports BG, uh, please <laughs> bro, I'm also missing जाए भाई जल्दी से मजा आएगा बहुत love you जोनी बाय अरे